ये खलना एक के जी चार्ज में जैसा मैंने आपके साथ वायदा किया था मैं आपकी अपनी दो साल के कलेक्शन दिखाऊँगा तो दिखाने जा रहा हूँ मैं तो पेश है मेरी दो साल की कलेक्शन टोटली जो आउट ऑफ टोटली फ्री है और जिसमें मैंने अभी तक बहुत सारे बंडर जो शानदेबा देखने को मिले आपको अभी तक तो उठ सकती है तो क्योंकि क्योंकि रैम कम है तो, तो सकती है तो मैं धीरे धीरे आपको अपनी कलेक्शन दिखा देता हूँ चलते हैं आप बैकपैक पैक की कलेक्शन आप देख सकते हैं बैकपैक की इतनी बैकपैक कलेक्शन शायद किसी यूट्यूबर से आपको देखने को मिले हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए लेकिन मैं कह रहा हूँ फ्री है तो दो साल की कलेक्शन में इतना कोई यूट्यूबर कोई भी यूटूबर आई वॉन्ट टू चैलेंज दैम कि कोई यूट्यूबर इसे कलेक्ट नहीं कर सकता इतने बैजेस को या बैजेस को नहीं इतने कलेक्शंस को तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइबर साथ महफिल जमाए महफिल नहीं जमाए तो उसके साथ क्या बैठ गए फ्री फायर खेलो भैया लेकिन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो और तुम्हारे साथ कुछ भी अगर चाहिए जैसे वी बैच के बारे में जानना हो तो मैं बताऊंगा तो वीडियो में कमेंट जरूर करना कि क्या तुमको चाहिए क्या नहीं चाहिए सो so, ताकि मैं 4000 हज़ार टाइम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकूं और 1000 हज़ार सब्सक्राइबर कर सकूं या मैं केम